में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अखबार में खाने का सामान न लेने की मुहिम शुरू की है यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है वहीं छोटे दुकानदारों का कहना है कि अखबार के अलावा अन्य विकल्प महंगे हैं, जिससे अखबार में विकल्प को हटाना फिलहाल आसान नहीं होगा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाने पीने की वस्तुओं को अखबार में न लेने की मुहिम शुरू की है फूड ऑफिसर देवेंद्र ने बताया कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा साथ ही अखबार की स्ही और केमिकल से होने वाली बीमारी के बारे में भी बताया जाएगा इस मुहिम के चलते दुकानदारों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वह अखबार को बंद कर अन्य विकल्प का सहारा ले इसके साथ अखबार प्रयोग न करने की शपथ पत्र भी लिया जाएगा देखिए जो अखबार में या मैगज़ीन में या उसको छपाई के लिए जिस इंक का तो उपयोग किया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि वो एक्चुअली खाने के लिए नहीं बनाया जाता है उसके मकसद दूसरे होते हैं पर ऐसा देखा जाता है कि सस्ता होने के कारण इजीली अवेलेबल होने के कारण लोग उसमें उसको खाने पीने के रैपिंग पेपर के जैसे उपयोग कर रहे हैं और उसका इंक जब हमारी बॉडी में आता है तो उसकी हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर में हो सकते हैं लंबे समय में तो इसी 2016 में बैन कर दिया गया था पर हाँ, अब हम इसको एक अभियान के तौर पे ले रहे हैं और जब हम इस पर काम करेंगे तो हम पब्लिक को भी अवेयर करना चाहते हैं जनता को हम भी बताना चाहते हैं कि ऐसे पेपर में अगर उनको खाना दिया जाए कोई चीज़ पैक करके दिया जाए तो इसको मना करें ले नहीं क्योंकि हो सकता है कि अभी जनता को या सभी सभी लोगों को या कुछ एक पर्सेंटेज ऑफ पीपल ये चीज़ पता ना हो क्योंकि जानकारी नहीं होती है तो भी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आप उसको पे कर रहे हैं तो आप ऐसी चीजें जो आपके लिए के कर हम क्यों लेंगे? वही अगर शहर की बात करें तो भोपाल में कई छोटी छोटी दुकानें हैं जहां पर खाने पीने की चीजें आज भी अखबारों में ही मिलती हैं। अखबार छोटे छोटे दुकानदारों को सस्ते में मिल जाता है ऐसे में छोटी छोटी दुकान चलाने वाले व्यापारियों का कहना है की प्रशासन ने नियम काफी सही बनाए हैं लेकिन अखबार के अलावा अन्य विकल्प काफी महंगे है जिसके चलते अखबार का उपयोग बंद नहीं किया जा सकता